तो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सवाई हो प्छे ही होंगे मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस तो देख सकते हैं अभी मैं हूं गाजियाबाद नए बस अड्डे पर और एक देख सकते हैं आप ये हैं रेड लाइन मेट्रो और ये है गाजियाबाद का न्यू स्टेशन मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया और आपको बता दूँ इसी को क्रॉस करते हुए एक और नई रैपिड रेल चलाई जा रही है हमारे इंडिया के अंदर वो मेड इन इंडिया लेस होने वाली है गाइस तो आज मैं उसी की तस्वीरें बहुत दिनों के बाद मैं दिखाने वाला हूँ इस तो आप तस्वीरें देख सकते हैं एक तो ये रैपिड रेल एक तो ये रोड को रोड के फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है दूसरे मेट्रो को क्रॉस कर रही है तो देख सकते हैं आप जब ये चलेगी तब आप देखना कि दोनों का नज़ारा कैसा होगा एक रेड लाइन गुजरेगी दूसरी रैपिड रेल गुजरेगी 180 किलोमीटर की रफ्तार से गैस आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना कुछ यहां पर काम हो चुका है गाज़ियाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर गैस और आपको बता दूं कि इससे भी ये रेड लाइन से जोड़ दिया जाएगा गईस तो अभी कुछ ही दिनों की बात है लेकिन सारा काम हो चुका है कम्प्लीट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बन चुका है अभी देख सकते हैं ये साइडों में इसके जोड़ने जोड़े जाएंगे देख सकते हैं ये सेटिंग लगी हुई है क्रेन मशीन लगी हुई है, अभी जितने भी है पिलरों पे छेद चमक रहे हैं इन पर अभी स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा गाइड तो ये जोड़ा जाएगा मेरे राइट में देख सकते हैं ये तीनों पे, इन पर तीनों पे जोड़ा क्योंकि अभी बस स्टेशन नहीं कम्प्लीट हुआ है जहाँ से ये आर निकलेगी बस वही कंप्लीट हुआ है अभी आपको बता दूँ सीढ़ियाँ और स्टेयर और ये पब्लिक को उतरने चढ़ने के लिए वो बनाया जाएगा और आपको बता दूं कि इस पे देखिए ये लोहे का बना हुआ है और आपको बता दूं गाइस कि इस पे फ्लोरिंग हो चुकी है मतलब सा ही हो गया ये अगले साल तक कम्प्लीट हो जाएगा गाइस तस्वीर आप दो, लोग देख सकते हैं कि ये है गाजियाबाद मेरठ रोड आर स्टेशन गाइज होने वाला और बहुत ही लंबा चौड़ा स्टेशन और बहुत ही सुंदर स्टेशन बनने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं कि ऊपर का काम हो रहा है अभी नीचे के बने बचे हुए हैं देख सकते हैं ये छेद चमक रहे हैं आप लोगों को जिस प्लर पे वो भी अभी जोड़े जाएंगे जैसे ऊपर का जोड़ा गया है उसी तरीके से नीचे का भी ये साइड जोड़े जाएंगे दोनों और जोड़े जाएंगे फिर इसके बाद में फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पर जाके आपको गैस आर आपको रेल देखने के लिए मिलेगी देख सकते हैं आप लोग सेटरिंग लगी हुई है काम चल रहा है तेज़ी के साथ में कहीं पर इस पर फ्लोरिंग किया जा रहा है कहीं घाटर डाले जा रहे हैं आप लोग तस्वीरों से खुद ही देख सकते हो, और काफ़ी दिनों के बाद में मैं आप लोगों के बीच में इस आरआरटीएस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए गाइड और आपको बता दूँ कि यहाँ से ये नंद है मेरे लेफ़्ट वाला और राइट वाला है पाँच नंबर सॉरी लाल क्वार्टर यानी कि लोहिया नगर गाइस और उसके बगल में ही आपको जैसा मैंने दिखाया था न्यू बस है ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे आगे तो आपको बता दूं देखो यहां से लेकर और मेरे राइट तक ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ये दो पोजिशन बचे हुए हैं इन पर भी आप गार्टर डाले जाएंगे और इन पर फ्लोरिंग किया जाएगा गाइस तो आपको बता दूं जैसे ही हम आगे को बढ़ेंगे तो आज मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं गाइस गाज़ियाबाद से और दोहाई के बीच में कि कितना कुछ काम हो चुका है कितना है बाकी क्या क्या हो रहा है इस पे? वो आज सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स में आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूं तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीर है कि इस गाटर ये रख दिए गए हैं और गाटर रख जाने के बाद में अब इस फ्लोरिंग किया जाएगा और फ्लोरिंग हो जाने के बाद में गाइस इस पर ये लेफ्ट की जालियाँ लगाई जाएंगी और आपको बता दूं कि इस पर इलेक्ट्रिक के खम्भे लगाए जाएंगे उस पर ओवर ओवरहेड हेड इक्ुपमेंट लगाया जाएगा और उसके बाद में इस पर इलेक्ट्रिकसिटी की लाइन गिर दी जाएगी गाइड तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये निकलता हुआ जा रहा हूं और आपको बता दूं ये है नंदग्राम ग्राम नंद, गराम। नंद गराम जैसे क्रॉस करेंगे वैसे ही आ जाएगा आपको बता दूँ आगे घोकना मोड़ ये पटेल नगर के लिए चला जाता है राइट में गाय हम बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहेंगे गाइस और आगे आने वाला है गुलडेहर और गुलडेहर का स्टेशन भी दिखाएंगे आपको कि उस पर भी कितना काम हो चुका है तो देखने के लिए बने रहिए के पी के साथ में गाइस और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही ब्लॉग से अब आते रहेंगे आप लोगों को बीच में कंटिन्यू मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि मैं थोड़ा परेशान चल रहा था घर में दिक्कत चल रही थी तो वजह से मैं ब्लॉग नहीं ला पा रहा था तो आप लोग कमेंट करके अभी नहीं बताते हो आपकी गलत बात है आप कमेंट करके बताया करो कि आप क्या देखना चाहते हो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं और आप लोगों को बता सकूं मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं हम निकलते हुए जा रहे हैं और आपको बता दूं देखिए ये बीच का डिवाइडर है वो लगाया जा रहा है चिपकाए जा रहे हैं आप देखिए बीच के डिवाइडर में ये चिपकाया जा रहा है और आपको इस बता दूँ यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है और आपको बता दूँ कि जो आपको बता दूँ कि इसमें जो ट्रैक स्लैब भी डाल दिए गए हैं इस आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि इस पर बहुत जल्द इस पर बीच के जो डिवाइडर हैं इसको इस लगा दिया जाएगा और फिर इस पर मिट्टी डाल के इस पर पे पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे जो नीचे भी ग्रीन ग्रीन हो जाएगा और आपको बता दूं ये रोड भी चौड़ी हो गई है अब थर्ड लाइन की बना दी गई है पहले दो लाइन की थी आप तीन लेन की हो चुकी है नीचे और ऊपर आर चलेगी जो कि वन किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी गाइस और आपको बता दूँ क्या इस पर बयासी किलोमीटर का ये रूट है और पहला रूट यही बनाया जा रहा है दूसरा रूट बनाया जा रहा है डेहली अलवर तीसरा रूट बनाया जा रहा है सोनी पानीपत डेहली टू पानीपत तीसरा रूट बनाया जा रहा है डेली टू पलवल तो ये चार रूट बनाए जा रहे हैं आर के तो पहला रूट ये है गई और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा देखिए ग्रीन ग्रीन हो रहा है इन्होंने ये साइड साइड का डिवाइडर लगा दिया और देखिए पेड़ पौधे भी लगा दिए इन्होंने और ऊपर इक्ुपमेंट ओवरहेड हेड भी लगा दिए गए हैं अब इस बस लाइन लगानी बाकी रह गई देख सकते हैं ये रखे हुए हैं आपके ट्रैक स्लेब देखिए ट्रैक स्लेब ये रखे हुए हैं साइड में क्योंकि इस पर ट्रैक स्लेब डाले जा रहे हैं आप अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है तो डाले जा रहे हैं अभी गैस तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जा रहा है ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें गैस और आपके बीच में आप आते रहेंगे कंटिन्यू ब्लॉग हर जगह के मैं कोशिश में यही कर रहा हूं कि आप लोगों को पर ब्लॉग देखने के लिए मिले हर जगह का जहाँ एन में कंट्रेक्शन चल रहा है आज की डेट में वो आप लोगों को मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा पूरा गैस और आपको बता दूँ कि क्वालिटी के साथ में आप लोगों को ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे इस चैनल पर तो आप लोग ना देर करते हुए देखिए ट्रैक स्लेब पड़े हुए हैं और ये इसके ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं और फिर इस पर पहले ये ट्रैक स्लेब पड़ते हैं फिर उसके बाद में पटरियां बिछाई जाती हैं गाइस देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें ये नज़ारा है और आपको बता दूँ ये बीच का डिवाइडर भी लगाया जा रहा है क्योंकि हटा दिया गया है तो आप लोग कम्प्लीट सही हो गया आपको बता दूँ क्या जितने भी स्टेशन बचे हुए हैं अभी आपको बता दूँ कि साहिबाबाद से लेकर दोहाई के बीच में पहली आरआरटीएस चलाई जाएगी और उस पर ट्रायल चला उस पर ट्रायल चलने की कोशिश की जा रही है गैस क्योंकि इसी मार्च में सुना जा रहा था लेकिन काम कंप्लीट नहीं हो पाया तो अगले साल मार्च में ये इसका काम कम्प्लीट हो जाएगा और इस पर ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा गैस तो आप लोगों के बीच में जो अगला ब्लॉग आने वाला है वो आने वाला है दोहाई स्टेशन का दोहाई डिपो का गई के दोहाई डिपो में कहाँ कहाँ ये कहाँ पर खड़ी हुई है आरआरटीएस की ट्रेन गई वो आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा तो आप लोग देखने के लिए बने रहिए और वहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और देख सकते हो दे। ये आ जाता है एन 28 का फ्लाईओवर यहाँ से राइट अगर हम लेफ़्ट में जाते हैं तो आप चले जाएंगे राजनगर एक्सटेंशन के लिए और राइट में जाएंगे तो चले जाएंगे हापड़चुंगी के लिए जो कि राजनगर आ जाता है शास्त्री नगर आ जाता है इधर चले जाएंगे गाइड तो देख सकते हैं ये गुलडेहर का स्टेशन आ चुका है आर, आर का और आपको बता दूँ जो टीन सेड है वो बिल्कुल कम्प्लीट कर दिया गया है आप इस पर टीन बस डालनी बाकी रह गई हैं और देख सकते हैं ये ये जो खम्बे हैं बिजली के ये देख सकते हैं बिजली के खंभे हैं इलेक्ट्रिकटी है इन पे ओवरहेड हेड लगा दिया गया है और इन पे इलेक्ट्रिसिटी की लाइन अब लगाई जानी बाकी है गाइस क्योंकि इस पर सेट का, का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है गाइस और आपको बता दूं कि इन पे ऊपर सूर्या प्लेट लगाई जानी है ताकि इन पर बिजली प्रोवाइड हो सके क्योंकि हमारे और बिजली की खपत बढ़े तो ये ग्रीन इससे ग्रीन एनर्जी उत्पन्न की जाएगी जो स्टेशन का काम चला सके गाइस तो इस पर सूर्य प्लेट लगाई जानी है ऊपर इसी तरीके से और साइडों में लगाई जाएंगी आपको बता दो टीन साइड देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों अभी तक तो कर लेना गाइस ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत वैलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाए और ऐसे ही ब्लॉग्स में आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूँ गायित तो देख सकते ये हटा रहे गए ये हटा दिए गए हैं देखिए अभी हटाए जा रहे हैं धीरे धीरे कहीं कहीं इस पर काम कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर इन्होंने बीच के डिवाइडर को कवर कर दिया और उसमें फुलवारी लगा दी गई है आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं और इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे और वैसे ही आने वाला है दुहाई का स्टेशन उस पर भी देख लेते हैं कि कितना कुछ काम हो चुका है क्या क्या काम चल रहा है कितना इम्प्रूवमेंट आ चुका है क्योंकि मैं एक महीने के बाद मैं इस पर यह वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए गाय देख सकते हैं आप लोग क्योंकि मैं और अदर वीडियोस गिरता हूं तो आप लोग कोई रिस्पांस नहीं देते हैं और ये एचआरआईटी कॉलेज है मेरे लेफ्ट वाला और बगल में ही है आपको बता दूं ये क्या बोलते हैं ड्रीजिंग लैंड बच्चों के लिए मतलब नहाने धोने का जो झूले होते हैं वो पानी में वो होता है और यहाँ से देखिए दुहाई स्टेशन स्टार्ट हो जाता है इस तो देख सकते हैं अभी इसमें फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट में इस पर फ्लोरिंग का काम होगा क्योंकि घाटर इस पर पड़ चुके हैं कंप्लीट हो गए हैं आपको बता दें जो राइट वाली लाइन है वो जाएगी सीधी मेरठ के लिए और जो लेफ़्ट वाली लाइन है वो जाएगी दुहाई डिपो के अंदर में तो देख सकते हैं अभी दो पिलर इस पर रख दिए गए हैं और अभी और गाटर रखे जाने हैं और आपको बता दूं ये आ गया स्टेशन इस, इस पर फ्लोरिंग का काम हो गया है और इस पर स्टेयर जो मशीन है वो भी लगा दी गई है और लगाई भी जा रही है गाइस तो कहीं कहीं फ्लोरिंग का काम हो गया कहीं कहीं बाकी बचा देख सकते हैं जैसे कि आप आँखों से अपनी क्योंकि इस पर गाटर लगा दिए गए फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है फ्लोरिंग हो जाने के बाद हमें फिर इस पर बहुत कुछ काम बचेगा अभी बाकी क्योंकि इन पर बहुत कुछ अभी लगाना इन्हें बाकी है गाइस तो देख सकते हैं यहाँ तक दो रोड कट जाएंगे एक तो आरआरटीएस चली जाएगी दुहाई डिपो के अंदर क्योंकि उसकी सफाई देखभाल वो दुहाई डिपो के अंदर ही होगी सबसे बड़ा दुहाई का ये डिपो बनाया जा रहा है दूसरा वजह बनाया जा रहा है गाइस मेरठ के बेगम पे तो वो भी आपको दिखाएंगे जल्दी ही अब आने वाले हैं वीडियोस कंटिन्यू रेगुलर आप लोगों के बीच में अपडेट मिलता रहेगा और हर जगह का मैं दिखाने की कोशिश करूंगा दिल्ली टू देहरादून दिल्ली टू ये पानीपत वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और आपको बता दूं कि अरबन एक्सप्रेस पे द्वारका एक्सप्रेस वे डेली मुंबई एक्सप्रेस वे और आपको कारन्द्री कुंज से जो डेली मुंबई एक्सप्रेस पे निकल रहा है वो भी आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी कोशिश है मेरी कि आप लोगों को पर डे दे वीडियो देखने के लिए मिले कंट्रक्शन से रिलेटेड के पी के चैनल पर तो आप लोग मेरी वीडियो को अगर नए देख रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस करो तुरंत वैलाइकन बजाओ चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा गाइस और मेरे चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक तो तो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाओ और आप लोगों के बीच में अच्छी क्वालिटी और अच्छे कैमरे आप देखने के लिए मिलेंगे बेहतर क्वालिटी के साथ में आप लोगों को के पी के चैनल पर ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे आने वाले टाइम में गए तो देख सकते हैं अभी इस पर यह लॉन्चर लगा हुआ है राइट में और लेफ़्ट वाले पर देखिए गाटर लगाए जा रहे हैं जो कि ये दुबई डिपो के अंदर जा रहे हैं गा आप लोग तस्वीरें देख सकते हो तो अभी कभी इसमें अभी कम से कम आठ से दस महीने का वक्त लग जाएगा इसमें कंप्लीट होने में गाइज तो आपको बता दूं अगली जो 2023 के मार्च में इस पर पहली रैपिड रेल चलाई जाएगी साइबाबाद से और दुबई के बीच में जो कि इसका पहला पार्ट है पहला पैकेज है गाइज उस पर पहली बार चलाई जाएगी तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे भी और ऐसे ही ब्लॉग्स देखते रहो केपी संत के चैनल पर और गाइस आपको बता दो देखो क्रेन मशीन कितनी भारी भरकम है देख सकते हैं आप लोग कि यही गाटर को उठाती हैं देखो कितनी भारी भारी है क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था और आपको बता दूँ ये जा रहा है ईस्टर्न पेरीफेरल जो ब, जो हमारे एन का पेरीफेरल गाइस इसे पलवल मेरठ मेरठ के लिए सीधे पलवल के लिए इससे राइट हो जाएंगे तो ये देखिए इस पे ईस्टर्न पेरीफेरल पे ये बनाया गया है ब्रिज गाइस जिसको ये क्रॉस कर रही है आ रहा आर टी और ये स्टील की मदद से बनाया गया बहुत बारी कम, बारी है बहुत भारी कम भारी भरकम है गाइस और आप लोगों ने पहले के वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करेगा आपको बता दू अगर पलवल जाना है आपको तो यहां से ये लेफ्ट हो जाएंगे ऊपर के लिए चढ़ जाएंगे और देख सकते हैं जो सबसे बड़ा लॉन्चर था वो ये वाला है ब्लू कलर का जो कि इस ईस्टर्न पेरीफेरियड को क्रॉस करके लगाया गया था ब्रिज के बगल में ही तो इसे उन्होंने बस से आठ दस पिलर ही कवर किए थे जोड़े थे गाय तो आप लोगों को आप अपडेट में